तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर